दोस्तों तो इसमें हम आपके लिए पांच व्हाट्सअप से जुड़ी हुई ट्रैक बताने वाले हैं सबसे चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले पहले ट्रैक है इसमें दोस्तों आपके लिए कुछ नहीं करना है यहाँ जाना है पर जाना है इस मार्क्स को आपको इस मार्क को आपको तीन दान लिखना है इसके बाद जो भी आप टाइप करना चाहते टाइप करना है टाइप करने के बाद फिर के तीन बार उन्हें करना है तीन बार करने के बाद इसे सेंड कर लेना है इसे सेंड करोगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा मान के चलिए हम सिंपल हेलो सेंड करते हैं सेंड किया तो देखिए दोस्तों इसकी डिजाइन इस तरह के इसका चेंज हो जाता है अब हम दूसरा सीक्रेट्स बताने वाले हैं इसमें आपको स्टाल लिखना है इस्टाल लिखने के बाद हेलो लिखना है जैसे आप जो भी टाइप करना है मैसेज वह लिख के फिर एक स्टार लिख देना है फिर क्लिक कर देना है तो ये बोल्ड हो जाएगा थोड़ा गहरे कलर में हो जाएगा इसके बाद आप कुछ तीसरी टेक् बताने वाला हूँ इसमें दोस्तों आपके लिए कुछ नहीं करना इसमें आपको ये ए वाला लिखना है फिर इसके बाद जो भी मैसेज लिखना है उसे टाइप कीजिए टाइप करने के बाद फिर वही और फिर ये थोड़ा ये एयटा हो गया थोड़ा तिरछे हो गए अब इसके बाद चौथी ट्रिक पर जाते हैं इसमें आपके लिए इसे लिखना है इसे लिखने के बाद फिर के हेलू टाइप करना है ताकि जो भी चैट आप करना चाहते हैं, उसे टाइप कर सकते हैं और ऐसे इंटर कर देना इंटर से सेंड नहीं हो रहा दोस्तों मैं इसमें आपको लास्ट ट्रिक बताऊँगा जैसे आप इंटर पर क्लिक करेंगे वह सेंड हो जाएगा अभी हम सेंड बटन से काम करते हैं सेंड हो गया देखिए दोस्तों ये कितने ट्रिक आपको लिए मैंने बता चुके हैं चार ट्रिक अब पांचवी ट्रिक है इंटर से सेंट कैसे करें तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ जाना है वापस आना है जैसे ही वापस आएंगे यहाँ पर सेटिंग जाना है यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है सेटिंग पर, पर क्लिक करने के बाद आपको चैट्स पर क्लिक करना है चैट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ इंटर एज सेंड के ऑप्शन को हेलो कर देना है जैसे अलाउ करोगे तो आई एंटर से सेंड होने लगेगा दोस्तों हम बताते हैं जैसे हम मैसेज पे गए और तो दोस्तों यहां पर हमने लिखा हेलो हम डिजिट स्टार लिख के बोल्ड हेलो भेजना चाहते हैं तो हेलो हेलो लिखने के बाद दोस्तों देखिए एंटर जैसे ही हम एंटर पर क्लिक करेंगे तो मैसेज सेंड हो गया दोस्तों यदि आपको यह पांचों ट्रिक्स अच्छी लगी हो और यूज करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों को बताना चाहते हो तो शेयर कर दें धन्यवाद